प्रामित्रों स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल एस्ट्रो पे 3 अगस्त 2018 का दैनिक राशिफल आज का ये राशिफल क्या कहता है राशि क्या कहती हैं इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मेष से लेकर मीन राशि तक के जो हमारे जातक ये वीडियो देख रहे हैं क्या ऐसा शुभ उपाय करें कि पूरा दिन आज का उनका शुभ जाए दर्शकों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए एक आवश्यक सूचना यह है कि जो भी दर्शक 18 और 19 अगस्त को दिल्ली में पर्सनली मिलकर अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है उस पर आप मिलकर संपर्क कर सकते हैं और समस्याएं आपकी समाधान हमारा दर्शकों पंचांग पर दृष्टि डाल लेते हैं कि आज का पंचांग क्या कहता है तो ये हमारा पंचांग बनारस काशी भोले बाबा की नगरी उसको मानक मानकर बनाया गया है उसी के अनुसार ये सारी चीज़ें हैं देश काल परिस्थिति उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा अगर आप इंडिया में हैं तो 15-20 मिनट आधे घंटे का फर्क आएगा तो अपने दिनमान के हिसाब से आप लोग जो है एक हम जल्दी ही वेबसाइट हमारी लॉन्च होने वाली है और मोबाइल का ऐप भी लाएंगे तो उसमें सभी चीज़ें रहेंगी तो जो लोग खासकर यूपी दिल्ली से हैं तो वो लोग लगभग इसको बराबर माने कोई उसके लिए दिक्कत नहीं होगी तो सूर्योदय होगा प्रातः पाँच बजकर पच्चीस मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पांच अठारह छह बजकर बयालीस मिनट अठारह बयालीस मिनट पर दर्शकों नक्षत्र की यदि हम बात करें आज तो पुष्य नक्षत्र रहेगा विक्रम संबत हमारा ये दो चल रहा है सख संबत्त नाइनटीन चल रहा है गोपी किशन जी देखिए लिखते हैं प्रणाम तो गोपी किशन जी नमस्कार जी आपका स्वागत है और वर्षा ऋतु है श्रावण मास है कृष्ण पक्ष है और दर्शकों आज जो है सप्तमी तिथि लग जाएगी बारह बजकर नौ पी के बाद से और चौदह बजकर पच्चीस मिनट तक की जो है रेवती नक्षत्र और उसके बाद फिर जो है अश्वनी ये रहेगा नक्षत्र गणमूल नक्षत्र है इस नक्षत्र में जो भी जातक रहे जन्म लेंगे तो उनको शांति भी करवानी पड़ती है योग की यदि हम बात करें तो धृत योग रहेगा, दो चार मिनट तक की दोपहर उसके बाद शूल योग रहेगा चंद्रमा मीन राशि में चौदह बजकर पच्चीस दो बजकर दोपहर पच्चीस मिनट तक गोचर करेंगे उसके बाद मेष राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे राहु दर्शकों एक ऐसा काल एक ऐसा समय कि इस दौरान आपको शुभ कार्य नहीं करना है तो प्रातः बच, दस से बारह और चार मिनट तक की राहु काल रहेगा तो शुभ कार्यों को यदि आज करना है तो अमृत काल में कर लीजिए ग्यारह बजकर चौवन मिनट से तेरह बजकर पैंतीस मिनट तक की अमृत काल रहेगा अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो ग्यारह बजकर सैंतीस मिनट से बारह बजकर तीस मिनट तक की अभिजीत मुहूर्त रहेगा षष्ठी तिथि के बारे में हमने आपको बता ही दिया था और तिथि को तेल नहीं खाना चाहिए सप्तमी तिथि फिर जो है हो जाएगी तो सप्तमी तिथि को दर्शकों आंवले का दान और आंवले को खाना भक्षर करना दोनों ही मनाही रहती है इसको जो है है बिल्कुल ही मनाही मत खाइएगा आंवला और जो षष्ठी तिथि के जो स्वामी थे भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी है नंदा नाम से विख्यात आतिथि शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष दोनों में मध्यम फलदायी बताई जाती है तो दर्शकों राजकीय कार्य से यदि कोई संबंधित कार्य है तो आज अधिकतर लोगों का सिद्ध होगा और जिनका भी देखिए जन्म षष्ठी तिथि को होता है तो हमने बताया था सैर सपाटा करने वाले हुए वो व्यक्ति होते हैं देश विदेश घूमने की इच्छा कुछ ज़्यादा ही होती है यात्राओं का शौक उनको बहुत ज़्यादा रहता है और मनोरंजन के दृष्टिकोण से इन लोगों की यात्राएँ भी होती हैं तो एक चीज़ का और बता दें आज दर्शकों तीन तारीख है आज तेल मालिश मत कराइएगा अन्यथा बहुत विघ्न और बाधाएं भी आएंगे शुक्रवार को जो है दर्शकों आप दाढ़ी बाल बनवा सकते हैं लाभ की इससे प्राप्ति होती है कोई दिशाशूल बताए दे रहे शुक्रवार का जो दिशा शूल होता है ये पश्चिम दिशा की ओर होता है आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए अत्यंत अगर आवश्यकता है आज यात्रा करने की तो दही और थोड़ा सा मिश्री खाके तब आप यात्रा कर सकते हैं तो जिनका भी जन्म शुक्रवार वाले दिन होता है तो वो व्यक्ति बहुत चंचल होता है सांसारिक सुखों में लिप्त रहने वाले तर्क में निपुण और नैतिकता में बह चढ़कर अपने आप को दिखाते हैं ऐसे लोग धनवान धन्वा, धनवान होते हैं कामदेव के गुणों से प्रभावित होते हैं काम, होते है, काम उनके अंदर बहुत ज्यादा होती है उनकी बुद्धि बहुत तीछड़ होती है और ये अंधविश्वासी होते हैं ईश्वर की सत्ता पर विश्वास नहीं रखते हैं कला के प्रति रुचि रखते हैं सुंदर एवं आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं तो दर्शकों ये तो था देखिए पंचांग का हमारा पूर्ण अंग अब पढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर राशिफल की ओर राशिफल से पहले दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हमारे योगा फ्रेंड जो है शिवम जी उनका चैनल है लाइफ योगा सूत्र ये आप जैसे ही यूट्यूब पे लिखेंगे लाइफ योगा सूत्र उस पर आप जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा कारण इसका यह हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र का पारखी होता है अब हमें जैसे एस्ट्रोलॉजी का काम है एस्ट्रोलॉजी करते हैं हम आपको को राशिफल बता देंगे आपकी कुंडली देख लेंगे ग्रहों के बारे में बता देंगे पंचांग आपको बता देंगे नक्षत्र कब बता देंगे लेकिन योग की सही क्रियाएं हम आपको नहीं बता पाएंगे और उस चैनल की एक सबसे बड़ी ख़ास बात है हम भी कभी कभी इधर उधर की बातें बोल देते हैं उस चैनल पे आपको वर्ल्ड टू वर्ल्ड आपका एक सेकंड भी टाइम मिसयूज नहीं होगा आप जाइएगा चार पांच वीडियो उसका पड़ा हुआ है अब जाके देख लीजिएगा और अच्छे लोगों को प्रमोट करना चाहिए क्योंकि हमारी जो संस्कृति है हम उसको अगर आगे ले चलते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा उस चैनल को सब्सक्राइब करने जाती उस का आप अच्छर करिएगा क्योंकि दर्शकों एक चीज और बताते हैं ज्योतिष में कई ऐसे उपाय आ जाते हैं कि हम योग का सहारा लेते हैं और ज्योतिष का ही एक पार्ट योग भी हम अपने चैनल पर तो वो रहेगा ही डालेंगे ही कोशिश करेंगे लेकिन उनको भी आगे बढ़ाना जिम्मेदारी है क्योंकि वो इस चैनल के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम भी उनको आगे बढ़ाएं तो आप उनके चैनल पर जाकर सब्सक्राइब कर, कर लीजिएगा बेल आइकन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को तो आप लोग सब्सक्राइब कर ही चुके हैं तो दर्शकों चाहे आप मोटे हों चाहे पतले हों मोटे होना चाहते हों चाहे आपका दिमाग ना लग रहा हो विपशयान कैसे करना है भ्रामरी प्राणायाम हम हर बार बोलते हैं राहू के हमारे वीडियो में भ्रामरी प्राणायाम का है तो आप उस चैनल पर जाएंगे सारा पैकेज आपको वहां पर मिलेगा वो आपके फिटनेस फ्रेंड रहेंगे उनकी भी एज है अच्छी खासी लेकिन अपने आप को मेंटेन किए हुए हैं कि उनकी एज भी नहीं पता चलती लगते हैं कि अभी ये 16-17 साल के ही हैं, जबकि वो 25-26 साल के वो हो चुके हैं तो योग से काफी कुछ में बेहद व्यवहारिक रहेंगे आज आप जितना शांत रहेंगे समस्या उतनी जल्दी सुलझा सकते हैं अपनी बात को सकारात्मक ढंग से लोगों के सामने रखेंगे तो फायदा होगा आज, आज आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी धैर्य और संयम रखना होगा सफलता मिलेगी परिवार की समस्या में आज आप कुछ ऐसा सॉल्यूशन लिखा देंगे कि उसका हल होता हुआ नजर आएगा देखिए सचिन जी लिखते हैं सादर प्रणाम बड़े भाई मेरा फोन खराब था सचिन जी नमस्कार जल्दी आपका फोन देखिए बन गया नया फोन आप लें तो नेगेटिव चीजों की यदि हम मेष राशि की बात करें तो पर, परिवार में आज किसी तरीके का कला होता नजर आएगा दूसरों के कामों में दखल देने से आज, आज आपकी समस्या बढ़ती हुई नजर आएगी जीवन साथी से आज कोई गिफ्ट मिल सकता प्रेम संबंध मजबूत होंगे आज माँ लक्ष्मी को गुलाब के फूल यदि आप चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा व्हाइट कलर आपका शुभ है आपका शुभ अंक है वृषभ राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो सितारे कहते हैं आज आपको नौकरी में कोई एक्स्ट्रा जिम्मेदारी दी जा सकती है इससे आपको फायदा होगा ऑफिस के किसी ना किसी काम में आज आप व्यस्त हो सकते हैं कोई खास काम निपटाना होगा खुद के लिए आज समय निकालेंगे नए लोगों से मुलाकात हो सकती है पैसों से जुड़े मामले निपट सकते हैं दूसरों की बातें सुनना आपके हित में रहेगा आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती हुई नजर आ रही है नए लोगों से मुलाकात होगी पुरानी योजनाओं से आज आपको फायदा होगा आज कोई काग, कागजी काम यदि आप कर रहे हैं तो पेपर वर्क बहुत देखकर आपको करना है और साइन करने से पहले एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा पिताजी के स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानी आज आपको बरतने की यहाँ पर हम सलाह दे रहे हैं आज करना क्या है तुलसी के पौधे के नीचे एक देसी घी का आपको दीपक जलाना रहेगा खास अगर वो घी गाय का हो तो बहुत ही उत्तम रहेगा और ब्लू कलर आपका शुभ कलर है अंक दो आपका शुभ अंक है आपको ई नाम और ओ नाम के लोगों से बहुत एलर्ट रहने की जरूरत है और जो हमारे मेत राशि के जातक हैं भूल गए थे बताना तो आपको वी नाम और के नाम के लोगों से बचने की बहुत जरूरत रहेगी मिथुन राशि की ओर चलते हैं आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो सफलता के लिहाज से दिन अच्छा रहेगा कोई नया काम शुरू करने और समस्याओं को सुलझाने के लिहाज से दिन अच्छा गर्मजोशी मेहनत और कॉन्फिडेंस के साथ आज आप काम करते हुए नजर आएंगे पैसा कमाने की ताकत या भूख कहले अचानक बढ़ सकती है फायदे के संकेत मिलेंगे नौकरी करने वालों को कोई बहुत अच्छी खबर मिलती हुई नजर आ रही है चलती नौकरी में भी वेतन वृद्धि की संभावना आज बन रही है आज आपको ज्यादातर मामलों में सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी कुछ तेवर सामान्य रहेंगे तो वहीं शाम तक आप आक्रामक होते हुए नजर आएंगे मानसिक स्थिरता से बचें योग का सहारा लें भ्रामी प्राणायाम करें कैसे करना है आप उस चैनल पर जाके देख लीजिएगा लाइव होगा सूत्रा पे हमारे भी चैनल पे पड़ा है आप इस पर भी देख सकते हैं करना क्या है और एक हम आपको उपाय बता देते हैं भगवान भोलेनाथ पर आज आपको जो है दूध का अभिषेक करना रहेगा पिंक कलर आपका शुभ कलर है अंक एक आपका शुभ अंक है आपको एम नाम और टी नाम के लोगों से अलर्ट रहने की आवश्यकता है जरूरत है कर्क राशि आज का राशिफल कैंसर वालों के लिए कैसा रहेगा राशि भविष्य क्या कहती है तो धैर्य और शांति से काम लें परिस्थितियों को संभालने की कोशिश करें किसी दोस्त के साथ आप ज्यादा समय बिताएंगे जीवन साथी या नजदीकी लोगों से अपने मन की बात शेयर कर लें ऐसा करने से आज आपका तनाव कम हो सकता है परेशानियों से आज छुटकारा मिलता हुआ नजर आएगा करीबी लोग आज आपसे सहानुभूति रखेंगे पिछले कामों का फायदा आज आपको मिल सकता है पुराने कानूनी मामले आज निपटते हुए नजर आएंगे कार्यक्षेत्र में आज कुछ ज्यादा परेशान होंगे स्वभाव में थोड़ी नरमी लाइएगा अच्छा रहेगा आज आपके तेवर से लोगों को हर्ट होगा बहुत ज्यादा वो दुखी होंगे किसी बात पर आप मायूस होते हुए नजर आएंगे इस राशि के जो कर्क राशि के लोग हैं सुस्ती भरा कुछ दिन होगा तो यहाँ पर हम आपको सलाह देंगे कि जो है आप आज कम से कम मॉर्निंग में उठ के थोड़ी सी रनिंग कर लीजिएगा और सूर्य नमस्कार आज आपको करना रहेगा भगवान भोलेनाथ पर गंगा और कल काला तिल जो आता है उससे आपको अभिषेक करना रहेगा आपके लिए वाइट कलर शुभ कलर है अंक तीन आपका शुभ अंक है आपको इन नाम और टी नाम के अक्षरों से सावधानी रखनी पड़ेगी शेर की राशि हमारी सिंह राशि लियो तो सिंह राशि के जातको आज मोबाइल इंटरनेट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई गेजेट आप परचेज करते हुए नजर आएंगे आज कोई महंगी वस्तु खरीदते हुए आप नजर आ रहे हैं आज आप का जो मन करता है आज आपको करेंगे शरीर और मन की थकान जल्दी ही खत्म हो जाएगी पैतृक काम या संपत्ति से जुड़े किसी काम की आज प्लानिंग हो सकती है और उस पर आप कोई ठोस पहल कर सकते हैं फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करिएगा पैसे और महत्वपूर्ण दस्तावेज आज संभाल कर रखिएगा संतान के काम और व्यवहार से कष्ट हो सकता है पैसों को लेकर किसी के साथ आज, आज आपको विवाद नहीं करना है आज आपको घी का दीपक जो जलाना है आपको पीपल के पौधे के नीचे शाम को रख देना है इतना एक छोटा सा काम करिएगा पूरा दिन बहुत शुभ जाएगा ऑरेंज कलर शुभ कलर है अंक 4 आपका शुभ अंक है आपको ओ नाम और जी नाम के लोगों से बचकर रहना है सावधान रहना है चलिए कन्या राशि की ओर बात करते हैं तो कन्या राशि के जो हमारे जातक रहेंगे उनके लिए आज का राशि भविष्य आज का राशि क्या कहता है तो आप सबसे ज्यादा ध्यान अपने समय पर दें तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा कोई नए मेहमान का आगमन आपके परिवार में हो सकता है जीवन साथी के साथ संबंध बहुत अच्छा रहेगा यदि आप व्यापारी वर्ग हैं तो आज यात्राओं का योग बन रहा है और वो यात्राएं आपके काम में सफल व सुखद सिद्ध होंगी इसके साथ साथ कुछ फैसले अचानक से आपको लेने पड़ेंगे कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त होती हुई मिल सकती है आज आप जरूरत से ज्यादा काम का बोझ अपने सिर पर ले सकते हैं पुराना कर्जा चुकाने के लिए भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है कुल मिलाकर थोड़ा बहुत तनाव रहेगा इससे आपको अगर छुटकारा पाना है तो विपस्यान करिए आप शिवम जी के चैनल लाइव योगा सूत्रा पर जाकर आप देख सकते हैं विपस्यान की क्या अच्छी टेक्निक है तो दाम्पत्य जीवन अगर अच्छा रहे तो इसके लिए आज हम एक उपाय बता रहे हैं दही का जितना ज्यादा आप सेवन कर सकते हैं करिएगा भगवान भोलेनाथ पर मधु अर्थात शहद से शहद से अभिषेक कराने के बाद शुद्ध जल से अभिषेक करा दीजिएगा शुभम मिश्रा जी लिखते हैं पाए लगी भैया जी शुभम जी नमस्कार ग्रीन कलर कन्या राशि के जातकों का शुभ कलर है और अंक पांच आपका शुभ अंक है आपको ए नाम और क्यू नाम के लोगों से अलर्ट रहना है सावधान रहना है लिब्रा तुला राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आप नौकरी बिजनेस प्रमोशन या प्यार की कोई बात किसी को कहना चाहते हैं तो बस कहने के पहले एक बार जरूर सोच लीजिएगा क्योंकि दिन आपके लिए आज नहीं है बहुत ही आज, आज आपका बेकार दिन जाएगा कैरियर के मामले में थोड़ी सी प्रगति का सूचक है आज का दिन अन्यथा आज आपको वाहन भी बहुत सावधानी पूर्वक चलाना पड़ेगा वाहन सावधानी से ही आपको चलाना है हेलमेट का यूज करिएगा कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट ही जो है आपको पहनना है रजनी जी प्रणाम गुरु जी आज फर्स्ट टाइम लाइव हूँ नमस्कार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आज लापरवाही के कारण कोई अच्छा मौका आपके हाथ से निकल सकता है किसी तरीके की कानूनी में भी आज आप फंसते नजर आ रहे हैं आज, आज आप अपने काम में कम और दूसरों के काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहेंगे फालतू यात्रा होने की संभावना है आराम करने के लिए अच्छा समय नहीं मिलेगा सावधानी रखिए आज कोई आपको यदि भड़काता है तो उससे भी आज आपको बचकर रहना है पार्टनर से सहयोग और पैसा मिलने का योग बनना है दांपत्य जीवन में खुशहाली रहेगी और आज करना क्या है तो आज गाय को गुड़ और रोटी आपको खिलानी रहेगी कार्य क्षेत्र पर निकलने से पहले थोड़ा सा मधु ले लीजिएगा शहद खाकर तब निकलिएगा व्हाइट कलर आपका शुभ कलर है अंक सात आपका शुभ अंक है तुला राशि के जातकों का बी नाम क्यू नाम के लोगों से आपको बचकर रहना है वृश्चिक राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो आज आप नए कामों की प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे धैर्य और शांति से काम लें आपको साथ जो लोग हैं आपके साथ वो कुछ आज आपके साथ दगाबाजी करते हुए नजर आएंगे आज व्यापार में यदि आप पार्टनरशिप में हैं तो कुछ आगे बढ़ सकते हैं अपनी गलतियों के बारे में विचार करेंगे पुराने कामों से जुड़ी हुई कोई बात आज आपके दिमाग में कौतूहलवश बहुत गुजरेगी यात्रा में सावधानी बरतिए सावधान रहिएगा किसी को आज पैसा आपको उधार नहीं देना पैसा अटक सकता है दूसरों के कामों में दखल देने से बचें पार्टनर के साथ समय बिताएं कहीं घूमने जा सकते हैं आज आपकी इनकम सामान्य रहेगी कुछ व्यक्तिगत लोगों से संपर्क में आ सकते हैं प्रभावशाली लोगों से और वो आगे आपके लिए बहुत अच्छा लाभ करेंगे पीपल के पौधे पर सफेद चंदन से आपको स्वास्थ्य बनाकर चुपचाप घर में चले आना है आज के लिए शुभ कलर की यदि हम बात करें तो ऑरेंज कलर आपका शुभ कलर है अंक एक आपका अंक आपका शुभ है आपको आर नाम और टी नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है धनु राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो धनु राशि के हमारे जो जातक ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों के साथ अच्छा समय बीतेगा दिन आसानी से व्यतीत होता हुआ नजर आ रहा है नौकरी में आज आपकी कोशिश सफल रहेगी कोई महत्वपूर्ण फैसला आज आप लेते हुए नजर आएंगे नए काम की प्लानिंग हो सकती है नौकरी या बिजनेस के कुछ खास मामलों में आज प्लानिंग करेंगे दिल दिमाग में बहुत सी बातें चलेंगी बहुत सी हलचल होंगी इनसे आज आपको बचना रहेगा पैसों की चिंता रहेगी व्यर्थ के कामों में फालतू के कार्य में आज आपका धन खर्च होगा रूटीन लाइफ में कुछ रुकावटें आ सकती हैं ऑफिस में कोई स्थिति बिगड़ सकती है विवाद सुलझाने में आज आपको कोशिश करनी पड़ेगी पार्टनर के साथ अच्छे से पैसा आइएगा बाद विवाद मत करिएगा जीवन साथी के साथ क्योंकि कहते हैं ना रही धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए तो ऐसा कोई कारण ना पड़िए करिए कि आपके जो है रिश्ते में वो गांठ पड़े क्योंकि टूटने से फिर फिर उसमें गांठ ही पड़ती है और अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ नजर आ रहा है धनुराश के जातकों को नेत्रहीन अप्यक्ति को आज आप कुछ मीठा भोजन करा दीजिएगा आपके लिए अच्छा रहेगा येलो कलर शुभ कलर है अंक 5 आपका शुभ अंक है क्या कहती है तो मकर राशि के जात को बेचैनी से कुछ छुटकारा मिलता हुआ आज नजर आ रहा है गुस्से और उत्तेजना पर नियंत्रण रखे तो अच्छा है मौज मस्ती में आज आपका समय बीतेगा ज्यादातर मामले में आज समझौते से ही सुलझते हुए नजर आएंगे बिजनेस करने वालों के साथ यही स्थिति रहेगी आज पार्टनरशिप पर आपको बचकर रहना है पार्टनरशिप में ऐसा कोई काम मत करिएगा कि आपको नुकसान उठाना पड़ जाए संतान पर ध्यान दे पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी सहयोग मिलेगा उच्च अधिकारियों से सहयोग नहीं मिलेगा उनके साथ आपको थोड़ी सौम्यता से मृदुलता से पेश आना है और ऑफिस में अपना व्यवहार थोड़ा सा संयम बनाइए बनाए रखिएगा अपने क्रोध पर आज आपको नियंत्रण रखना रहेगा चूंकि गंभीर बातों में आज आप फंस सकते हैं वाहन आप सावधानी पूर्वक चलाएंगे मकर राशि कैप्तिकॉन के जात को और आज करना क्या है देखिए आज भगवान भोलेनाथ पर जल में एक चुटकी हल्दी डालकर आपको अभिषेक करना रहेगा रुद्राष्टक के पाठ से कम्युनिटी टाइम में चले जाइएगा आपको मिल जाएगा रुद्राष्टक का पाठ ब्लैक कलर आपका शुभ कलर है अंक आठ आपका शुभ अंक है आपको ए नाम और इन नाम के लोगों से आज आपको बच कर रहना तो है, तो भाग अच्छा है। कुंभ राशि बात करनी होगी और धन लाभ हो सकता है कम चीजों में आज आप ज्यादा गेन करेंगे मेहनत और कॉन्ट्रेक्ट के दम पर समाज और परिवार दोनों क्षेत्रों के काम पूरे हो सकते हैं आपको आज कब क्या कहना है आपके मुंह से निकल जाए तो आप बेहतर यही रहेगा कि शांत रहिएगा कुंभ राशि अगर अभी तक आपका विवाह नहीं हुआ है फिर चाहे आप वो पुरुष हो या महिला हो तो आपके घर पर विवाह का कोई प्रस्ताव भी आएगा और 90 परसेंट उम्मीद है कि वो यस हो जाए अप्रूव्ड हो जाए आज अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रखिएगा खान की जो बुरी आदतें हैं इन पर आज आपको कंट्रोल रखने की जरूरत है वहीं जीवन साथी के साथ कहीं डेट पर जा सकते हैं घूमने जा सकते हैं मनोरंजन के क्षेत्र में आज आपका पैसा खर्च होगा साझेदारी के बिजनेस में फायदा होता हुआ नजर आ रहा सावधान रहिएगा जो छात्र हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको आज लाभ की स्थिति होती दिख रही है करना क्या है आज आपको देखिए बेसन का लड्डू आज आपको गरीबों में बांटना रहेगा दूसरा घर पर आज करना क्या है प्रातःकाल जल्दी उठ जाइएगा माता पिता के चरण स्पर्श करिएगा नहाने धोने के बाद एक माला महामृत्युंजय मंत्र की आज आपको जपना रहेगा आपका जो शुभ कलर है ब्राउन कलर शुभ कलर है अंक आपका शुभ अंक है आपको ए नाम, एल नाम एल और एन नाम के लोगों से सावधान रहने की जरूरत है अंतिम राशि की ओर बढ़ते हैं पाइसेस मीन राशि आज का राशिफल राशि भविष्य क्या कहती है तो मीन राशि के जो हमारे दर्शक वीडियो देख रहे हैं आज अचानक से उनके मन में ज्वालामुखी फट सकता है क्रोध आएगा किसी के ऊपर बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन आप होते हुए नजर आएंगे तो गणेश जी सलाह दे रहे हैं, आप शांत रहिए मौन रखिए अपने आप को जो है नहीं कंपेयर करना है कि अगला क्या है हम क्या है इस कंपेरिजन के कारण आज हो सकता है कुछ मानसिक तनाव आपको देखने को मिले सामाजिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी बिजनेस और कार्य में व्यस्त रहेंगे आज इससे कुछ फायदा होता हुआ नजर आएगा व्यापारी वर्ग यदि विदेशों से कुछ आप एक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं कुछ धन वगैरह का सोच रहे हैं तो आपको लाभ की स्थिति होती दिख रही है परिस्थितियां आपके फेवर में भले ना हो लेकिन आज आपको कुल मिलाकर बहुत शांति से बहुत धीरज से संयम से आज, आज आपको काम लेना रहेगा हर चीज पर टिप्पणी करने से भी आज, आज, आज आपको बचना है दिन में स्थितियाँ ठीक रहेगी दोपहर बाद ये स्थिति बेकार होगी और आज पार्टनर पति पत्नी इनको बहुत सावधान रहने की गणेश जी सलाह दे रहे हैं प्रेम प्रस्ताव आज असफल होते हुए नजर आएंगे विवाहित लोगों में भी किसी बात पर मतभेद हो सकती है कारोबार में व्यस्तता रहेगी अधिकारी आज आपकी बात का तवज्जो बिल्कुल नहीं देंगे कार्य क्षेत्र में आप अच्छा कर सकते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है कुल मिला करके आज आपको करना क्या है तो आज के लिए आपको जो है बरगद के पेड़ पर दूध में थोड़ा शहद डालकर चढ़ा दीजिएगा और इसके बाद विष्णु मंदिर में आज आपको जो है सुगंधित वस्तुओं का दान करना है जैसे धूप बत्ती हो गई अगरबत्ती हो गई इत्र हो गया गुलाब का फूल हो गया इन सब चीजों का दान दे सकते हैं शुभ कलर की यदि तो बैगनी कलर आज आपका शुभ रहेगा और शुभ अंक की बात करें तो अंक एक आपका शुभ अंक रहेगा आपको टी नाम के नाम और एल नाम के लोगों से बचकर आज रहना होगा तो दर्शकों देखिए यह तो था हमारा राशिफल और कैसा लगा आप प्लीज कमेंट के माध्यम से यह चीज हमको बताइए और इस राशिफल पर हम क्या सुधार कर लें आप बताते रहिए चलिए टिप्स दे देते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्रावण मास चल रहा है तो श्रावण मास स्पेशल लिखा है तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए क्या ऐसा टिप्स आपको दे तो नोट कर लीजिएगा दर्शकों शुक्रवार चूंकि दिन है दक्षिणावर्ती संख से यदि भगवान नारायण सालीग्राम भगवान का अभिषेक करते हैं और पूजन करते हैं पूजन में ही श्वेत चंदन सफेद चंदन केसर मिलाकर भगवान को श्रद्धा पूर्वक आप तिलक लगाइए और माँ महालक्ष्मी आपके ओर अपने आप खिंची चली आएंगी आज लक्ष्मी यदि घर में आती हैं तो ईशान कोल की दिशा में देखिए एक गाय का दीपक आपको जला करके लाल धागे की बत्ती का रख लीजिएगा एक लाल धागा लीजिएगा उसकी बत्ती बना लीजिएगा और गाय के देसी घी में ईशान कोण में पूर्व और उत्तर का जो कॉर्नर होता है उसको ईशान कोण बोलते हैं तो उस दिशा में एक दीपक आपको जलाना है संध्या समय लगभग साढ़े पांच छह बजे के बाद तो ये आपको कार्य दर्शकों देखिये करना रहेगा लक्ष्मी प्राप्ति का बहुत अद्भुत है और ये जो शालिग्राम वाला हमने उपाय बताया है कि दक्षिणावर्ती संघ से जो अभिषेक आप करेंगे प्रातःकाल करिएगा जहां भगवान विष्णु है वहां माँ लक्ष्मी है सीधा सा कॉन्सेप्ट है दर्शकों दीजिए अपने इस को इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में और हां दर्शकों सितंबर माह का वीडियो अपलोड हो रहा है ब्रासी का हमने कर भी दिया है तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, पर दे सकते हैं। और हाँ शिव जी का चैनल फिर से बताए दे रहे हैं लाइफ योगा सूत्रा एल आई एफ लाइफ -E, वाईओ जी ए योगा एस यू टी आर ए लाइफ योगा, योगा सूत्रा पर जाकर उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबाइए और उनके वीडियो का आनंद आप लीजिए दीजिए अपनी जोशी कोई इजाजत तब तक के लिए नमस्कार आपका दिन शुभ हो